तीनों लोगों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवऋषि नारद चिंतित हो गए वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिरदर्द से कराह रहे हैं नारद ने पूछा भगवन क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है कृष्ण ने उत्तर दिया यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है नारद ने सोचा भक्त का चरणोदक भगवन के श्रीमुख में फिर रुक्मिणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया रुक्मिणी भी बोली बैकवोर्ड नहीं नहीं, ऋषि मैं ये पाप नहीं कर सकती नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली बैकवर्ड देवऋषि इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए मैं जानती हूं इससे मुझे घोर नर्क मिलेगा किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह या भोगने को तैयार हूं तब देवऋषि नारद समझ गए कि तीनों लोगों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा जो लाभ हानि की गणना नहीं करता